नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अपना करियर कैसे ट्रैक कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था आधार कार्ड को ऑर्डर करना तो आज उसी आधार कार्ड को हम ट्रैक करेंगे कि हमारा आधार कार्ड कहाँ पहुँचा है और कब तक हमारे पास आ जाएगा तो समय न गंवाते हुए बढ़ते हैं वीडियो की ओर मेरा नाम है सुदामा यादव और आप देख रहे हैं स्मार्ट ट्वेंटी चलिए शुरू कर दें जैसे कि मेरे पास एक एस एम आ चुका है आधार कार्ड से ये देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर ही है मैं इसे ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ट्रैकिंग नंबर दिया हुआ है और जिस करियर से आ रहा है वहाँ पे उसका वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है तो हम इस ट्रैकिंग नंबर को कॉपी करते हैं और इस वेबसाइट लिंक पर क्लिक करते हैं ये सीधा हमें रिडायरेक्ट कर देगा वेबसाइट पर तो यहाँ पर हम कॉपी किए हुए नंबर को डालते हैं और यहाँ पे ये एक सिक्योरिटी कोड है कैप्चा इसे हम डालते हैं और ट्रैक नाव पे ओपन करते हैं कैप्चा गलत हो गया हम फिर से कैप्चा डालते हैं यहाँ पे ट्रैक नाउ पे टैप करते हैं तो आपके सामने पूरा विवरण आ जाएगा जहाँ जहाँ से जैसे जैसे आधार कार्ड चला है और कहाँ से चला है सारा डिटेल आ जाएगा जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए आइटम पैकेट बेंगलुरु से चला हुआ है और ये मेरे आएगा इस लोकेशन पे अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तब वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तो।